देख गे ले ले ले जा कमी लग रहा है मेरे अब तो अच्छा है तो। आधा से ज्यादा तो कढ़ाई में लग गया है लगी नहीं जाता है रगड़ते रहोगे तो नहीं लग जाएगा इधर है है? है क्या लिया क्या लिया? आप कैसे काटती इतना ये तो जंग खाया हुआ है तो करता। तो क्या करता है इसे तो जंग खाया है हुई कौन सी कौड़ी तो नहीं है यही कौड़ी है आप देख सकते हो डालो मैं आपको दिखाऊंगा पिंकी है। पिंकी आजा। पिंकी। आजा। आजा अंदर अंदर आजा।, आजा।, आजा।, आजा।